यार मेरी स्किन बहुत खराब हो रही है क्या करूँ एक काम कर रोज दस ग्लास पानी पिया कर स्किन बहुत अच्छी हो जाती है लेकिन मेरे घर तो तीन ही ग्लास है आग। आग। आग। आग।